इस चैनल को फॉलो करने के आपको पांच फायदे हैं और एक नुकसान पहला फायदा तो ये होगा कि आप जान पाएंगे इमरजिंग टेक्नोलो टेक्नोलॉजीज़ कैसे कहते हैं डेटा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्लॉकचेन, आईओटी, आई कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी डेवॉप्स और डिजिटल मार्केटिंग दूसरा फायदा ये होगा कि हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से पैसे ज़्यादा कमा सकते हैं पासिव इनकम कैसे एड कर सकते हैं सैट असर कैसे शुरू कर सकते हैं फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हैं किस किस तरीके से पैसे कमाए जा सकते हैं ऑनलाइन तीसरा आप ट्रेवल के बारे में जान पाएंगे कि आप दुनिया कैसे घूम सकते हैं कैसे वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं कैसे इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं किस तरह दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं और दुनिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं चौथा फ़ायदा ये चैनल आपकी मदद करेगा एक बेहतर इंसान बनने में आपको एक हार्मलेस पर्सन बनाने के लिए कि आप दूसरों को नफ़ा पहुँचा सकें लेकिन कोई शर्ण ना पहुँचा सकें आप नफ़ा बख्श बन सके और नफा खोर सिर्फ ना बने और आखिरी चीज़ ये चैनल आपकी मदद करेगा कि आप किस तरीके से पैसे को बरतते हैं देखिए पैसे कमाना एक अलग चीज़ है पैसों को बरतना एक अलग चीज़ है वेल्थ मैनेजमेंट असट मैनेजमेंट बिल्कुल अलग फील्ड का नाम इनका अलग नाम है इनकम को बढ़ाना बिल्कुल अलग नाम है ये तो पाँच फ़ायदे होंगे आपको इस चैनल को फॉलो करके जो नुकसान होगा तो ये क्या बदल जाएंगे आप पहले जैसे नहीं रहेंगे अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपने दोस्तों में अपने एनवायरनमेंट में जहाँ हैं जैसे खुश हैं तो इस चैनल को फॉलो ना कीजिए हाँ अगर आप बदलना चाहते हैं आप इतने बदल जाएं कि आपके दोस्त बदल जाएं आपकी तरजीहात और प्रायोरिटीज़ बदल जाएँ आपके आमदनी के ज़रा आपके इलम के जराए ये सब कुछ बदल जाएँ एक मुस्तकिल इसरा इसतराब आपकी रूह में आ जाए आप एक मुस्तकिल सफ़र में चले जाएं जिसकी कोई मंजिल ना हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मैं हूं आप सबका जिशान उस्मानी